जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में साथियों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपलअस्सी द्वारा आयोजित की गई परीक्षा यूपी फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक की परीक्षा के बारे में जिसके रिजल्ट का इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं साथियों मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्रश्न ये भरे पड़े हैं कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट का डेट कब तक है कि मतलब यूपी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कब तक आ जाएगा इसकी दौड़ कब तक होगी और सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि हमें बैग लेकर जाना है जैसे कि बताया गया है नोटिस में भी है कि आपकी जो दौड़ है यूपी फॉरेस्ट गार्ड की उसमें 10 किलो वज़न लेकर दौड़ना है तो ये भी प्रश्न बहुत से बार पूछे जा रहे हैं कि मैं बैग लेकर जाऊंगा या फिर 10 किलो वज़न वो लोग देंगे कि हमें लेकर जाना है ये सारे प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं तो साथियों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बेल लाइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे बात करेंगे हम लोग यूपी फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट के विषय में कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैग की समस्या है आप लोगों को तो इसके लिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि आपको बैग अपना ही लेकर जाना है दस किलो वजन की जो बात है वहां पर कुछ भी भर सकते हैं मिट्टी भर सकते हैं रेत भर सकते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध रहेंगी अब हमको बैग किस तरह का ले जाना है किस तरह से मिट्टी को भरना है बैग को किस तरह से टाँगना है किस तरह से उसे बांधना है ये सारी बातें जो है मैं प्रैक्टिकली आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास उतने आ, साधन नहीं हैं इसके लिए एक सरकारी जॉब सॉरी दोस्तों इसके लिए एक सरकारी बॉय नाम से चैनल है आप उसे सर्च कर सकते हैं उसकी वीडियो की लिंक उस वीडियो को आप देख लेंगे कि आपको बैग कौन सा ले जाना है और किस तरह से उसमें वजन भरना है किस तरह से टांगना है किस तरह से बांधना है ये सारी चीजें उन्होंने सरकारी बॉय चैनल पर बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है जिसके वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्सन में दे रहा हूँ और उसे थोड़ा सा प्ले करके मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि ताकि आप उसे देखें और पहचान लें कि हाँ मुझे यही वीडियो देखनी है तो साथियों आशा करता हूं कि बैग वाली जो भी समस्याएं हैं आपके जो भी प्रश्न हैं उसके जवाब आपको मिल गए हैं और बाकी किस तरह से उसे प्रोसीज करना है वो आप इस वीडियो में देखकर कर सकते हैं इसके बाद बात करें कि आप लोगों के रिजल्ट कब तक आने वाले हैं ये सबसे बड़ा सवाल है मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं लाइव पर जब आया था तो उस समय बताया था मैं कि पंद्रह दिसंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा लेकिन साथियों मैंने ये इसलिए कहा था कि कुछ दिनों पहले लगभग एक महीने पहले ही यूपी ट्रिपल एस को शासन ने निर्देश दिया था कि आप लोग जितने भी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके रिजल्ट 15 दिसंबर तक लाएं और जो भी प्रक्रियाएं हैं उसे जल्द से जल्द पूरी करें तो साथियों इस बात से यह क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं यह रिजल्ट आपका यूपी फॉरेस्ट गार्ड का भी रिजल्ट दिसंबर में ही आने वाला है हालांकि 15 दिसंबर आपके नज़दीक ही है हो सकता है पंद्रह दिसंबर के पहले ही आ जाए नहीं तो ये इतना जान के चलिए कि दिसंबर ख़त्म होने से पहले ही दिसंबर में ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा और मार्च अप्रैल के अंदर पहले यानि सर्दियां खत्म होने से पहले ही आप लोगों की दौड़ होनी है क्योंकि विभाग भी जानता है कि अगर धूप में रेस कराएंगे तो इतनी लंबी रेस में समस्या खड़ी हो सकती है बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कत हो सकती है और विभाग को भी इसमें झेलना पड़ेगा इसलिए वो चाहेंगे कि आपकी दौड़ जो है सर्दियों में हो बाकी आशा करता हूं कि आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे और साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैं हमेशा लाइव पर आता रहता हूं आप लोग भी लाइव सेशन से जुड़कर अपने सारे सवालों के जवाब पूछ सकते हैं कटाव के विषय में भी मैंने कई वीडियो बनाई हैं दौड़ कैसे करनी है ये भी वीडियो बनाई है आप मेरे चैनल पर सर्च करके सारे वीडियोज देख लीजिए आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो लाइक करे शेयर करें कमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत